से अकेले से डर क्यों लगता है इस डर क्यों लगता है से क्योंकि जब आप अकेले होते हो इतने सारे थॉट हमारे अंदर आ जाते हैं और ज्यादातर वो थॉट नेगेटिव होते हैं यही प्रॉब्लम है yes, बट अगर आप अकेले में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो कमाल के वो ऐसे हैं कि आपका नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हो रहा है मजा आ रहा है आपको मनोन थॉट्स की वजह से ही अंदर ही अंदर हंसी आ रही है तो क्या होगा आपको खुद के साथ में मजा आएगा अकेले होने का डर निकल गया तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है आपके अपने अंदर ही है दुनिया क्या कर रही है बाहर चीजों को इकट्ठा कर रही है बाहर लोगों के साथ में जुड़ रही है सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है वहां मिली नहीं सकती इम्पॉसिबल तो कोई भी पर्सन ब्लैक और वाइट नहीं होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है बुराइयां भी होती है तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहां पर प्लस भी है माइनस भी है प्रॉब्लम क्या है आपको माइनस नहीं चाहिए सिर्फ प्लस चाहिए वो बाहर हो नहीं सकता बट अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर अभी आप अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो और कंप्लीट होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो आपको यह समझ आ जाए कि मुझे कंप्लीट होना नहीं है किसी के साथ में आई एम कम्प्लीट मुझे खुश होना नहीं है किसी के साथ में मैं खुश ही हूं तो अब ये और समझ पा रहे हो फर्क पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो तो अब आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ गया एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आकर के आपके आसपास में आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स ये उसको पता है कि खुशी का अड्डा है अगर खुश होना है तो यहां पर जाओ इस बंदे के साथ में जुड़े रहो तो क्या होगा कैसी होगी आपकी लाइफ इसका मतलब समझते हो पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है खुशी ही तो चाहिए और क्या चाहिए थोड़ा सा प्यार चाहिए और क्या चाहिए बताओ खुद को ऐसा बनाना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं कि ऐसा कैसे होगा नंबर वन अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस बन दो उतनी ही दो जितनी है मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली कुछ अपने बिलीव्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं उन बिलीव की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने अंदर माइंड में ये पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है किसी और ने पकड़ लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा लड़ाई झगड़ा होगा और आपने क्या पकड़ा अपने माइंड में आपने कुछ भी नहीं पकड़ा आपने कहा भाई तुझे नॉन वेज होना है नॉन वेज हो जा वेज होना है वेज हो जा जिसको खाना है खा ले बस मुझे मत खाई <laughs> <laughs> मुझे छोड़ दियो सिंपल हो गया देखो क्या हुआ एक सीरियस प्रॉब्लम एक सेकेंड में खत्म हो गई मतलब सीरियस से सीरियस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरियस है सीरियस डिस्कशंस है सीरियस लड़ाई झगड़े हैं वो आपके लिए हंसी मजाक होना चाहिए अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट करने का और कोई तरीका नहीं है अब मुझसे पूछोगे फॉर एग्जाम्पल अब किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो अंदर की दुनिया को समझता नहीं है वो क्या करेंगे वो स्टैंड लेगा ले ले लाइफ में स्टैंड लेने का मतलब क्या है आपने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को कि ये जो मेरा धर्म है यही सही है अब क्या हुआ आप बाकी सबके अगेंस्ट हो गए आपको अगेंस्ट होने की जरूरत नहीं हो गए द मूमेंट यू टेक अ स्टैंड आप पूरी दुनिया से कट गए इफ यू हैनी स्टैंड हाँ सब कुछ सही है सब कुछ गलत है अब बोलो जी क्या करोगे समझ गए ना बंधना नहीं है लाइफ में कभी भी ये बहुत ही एक डीप बात है अगर आप पकड़ पाओ इस बात को तो ये बात समझ आ रही है हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को ऐसा ही होना चाहिए ये होना चाहिए। ये, होना चाहिए ये नजर है हल्की सी देखने की अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो हल्की सी चेंज कर दो तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ में बहुत सीरियस जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया और बहुत ज्यादा परेशान हो ब्रेकअप हो गया ब्रेकअप हो गया तो फिर अपने आपसे बैठ करके पूछो अकेले में अब मैं ये बता रहा हूं आपको अकेले की दुनिया में जिसको आप लोनलीनेस बोलते हो वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वजह से उस लोनलीनेस से आपको डर लगता है और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हो गया अब आप, आप अकेले में बैठे हो एक ही आप बैठ करके रो रहे हो कि वो चली गई, अब मेरा क्या होगा ये होगा होगा, Whatever it is है ना। और अब मैं क्या करूं मूड बहुत खराब है अब यार अपने दोस्त को फोन कर रहे हो मैं बर्बाद हो गया यार खत्म हो गया कुछ नहीं बचा जिंदगी में यार सारे फिलासफर बन जाते हैं ब्रेकअप होते हाँ। हैं सब बेकार है यार कुछ नहीं पड़ा इन सब चक्कर हो गया अभी तो पहले नहीं पता था क्यों पढ़ा <laughs> तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में आराम से बैठ करके लाइटली कैसे देखना है सिचुएशन को यार जब मेरा अफेयर नहीं था तब मैं खुश था या दुखी था बहुत खुश था रिलेशनशिप में गया तो क्या हुआ कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ बुरा ज्यादा होता है या अच्छा ज्यादा होता है अच्छा।, अच्छा अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा ज्यादा हो रहा था तभी अलग हुआ <laughs> नहीं आई है बात समझ में आई या नहीं आई अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं अब तो मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए खुश होना चाहिए और बल्कि बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि तो नॉट गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि तो एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं आम का एग्जाम्पल ठीक है हाँ, चल जाएगा चल जाएगा, मतलब गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा बट अच्छे जो लोग हैं उनके लिए नहीं गलत एग्जाम्पल है कोई और, <laughs> और एग्जाम्पल लेता हूं जिसने हाँ कर... चलो ये ठीक है जो बंदा कभी किसी जगह पर गया ही ना हो तारीफ बड़ी सुनी है कि स्विट्जरलैंड ऐसा है वैसा है ये है वो है समझ गए ना इमेजिनेशन सब स्विटरलैंड गया ही ना हो तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा स्विटरलैंड जाने का ये डिजायर क्या है इसकी वजह से दुख होगा याद बाकी सब चलेगा मैं ही नहीं गया बाकी सबका फेयर हो गया मेरा ही नहीं हुआ इसको ध्यान से समझ देना मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मतलब स्विट्जरलैंड जाने का डिजायर था अंदर से कहीं ना कहीं तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में अब क्या हुआ आपने स्विजर कुछ नहीं पड़ा <laughs> <laughs> तो पीसफुल्ड तो तो चाहिए। चाहिए। चाहिए में बढ़िया रहा बेकार रहा वो एक अलग टॉपिक है आप गए थे कुछ अच्छा सोच करके जाकर देखा यहाँ पर कुछ खास नहीं है शिमला भी ऐसा ही है मसूरी भी ऐसा ही है तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए आदमी और दोनों कमाल का कुछ हो सकता है माइंड के अंदर फिर बड़ा मजा आता है लाइफ में आप किसी भी सीरियस सी सीरियस प्रॉब्लम को भी हंसी मजाक में उड़ा दोगे हल्के फुलके तरीके से आप क्या कर रहे हो अननेसे मेमोरीज को नहीं पकड़ रहे हो अच्छा हो गया बच गया मैं इस रिलेशनशिप से नहीं तो जिंदगी में मुझे स्विट्जरलैंड तो में ही रहना पड़ता <laughs> <laughs> अब मैं और जगह भी जा सकता हूं <laughs> पूरी दुनिया घूम <गूं> सकता हूं <laughs> आ, इतनी कंट्रीज है वाई नॉट फिर पूरा घूम करके पूरी दुनिया घूम करके फिर फाइनली डिसाइड करूंगा कि मुझे सेटल होना है क्या पता फाइनली मैं शिमला ही बढ़िया है शादी करनी ही नहीं है, है, है जबरदस्ती करनी है क्या क्यों करनी है किसी किताब में लिखा है, हो सकता है वाई नॉट बट ये भी हो सकता है कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले कोई कैसी जगह मिले आपको शिमला से बहुत बेटर है ठीक है रहो ठीक है जी समझ आ रहा है ना yes, यहां तक तो पकड़ में आ गई बात yes, अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो हो सकता है आपको समझ ना आए लेकिन बोलूंगा सच वो आप मेरी आंखों में देख सकते झूठ नहीं बोल रहा बस उसको अपने अंदर जाने देना यू आर द वेरी सोर्स ऑफ हैपीनेस नॉट जस्ट फॉर यू फॉर दिस बॉडी फॉर ऑल द बॉडीज इन दिस क्रिएशन नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं सुनते रहो आपकी तारीफ ही हो रही है बुराई नहीं हो रही अब <laughs> प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोगों की मैं बताता हूं आपको आगे तू तो डम्ब है तो गुस्सा आता है ना इसका मतलब क्या है अगर आपकी कोई बुराई करता है यानी कि आपको नीचे गिराता है तब तो आप छोटी मोटी तारीफ नहीं बड़ी तारीफ करता है क्या बोल रहा हूं मैं आपको कहूंगा कि यार आप तो बड़े गई गुजरे आदमी हूँ आपको तो नर्क मिलेगा मान जाओगे मुझे नर्क मिलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा जरूर इस बंदे को कुछ पता होगा इसके पास में कुछ ऐसी पावर है जो मुझे पता नहीं है जरूर इसको पता होगा ये कुछ देख रहा है जो मुझे नहीं पता है कौन से मेरे कर में? मुझे क्या करना पड़ेगा किस गाय भैंस के ऊपर क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे मुझे नरक नहीं चाहिए अच्छा नरक में क्या होता है मैं बता दूंगा ये होता है देखो यही है बस तेरी औकात ही यही है दो पड़ी के इंसान आप मान जाओगे और मेरे हिसाब से चलने लग जाओगे अगर मैं आपको बोलता हूं सच गारंटेड नहीं मानोगे मुझे पता है कोई नहीं मानेगा वो क्या है क्या भगवान बात हजम होगी <laughs> नहीं मैं भगवान कैसे मैं तो गलतियों का पुतला हूं मैं तो गलतियों की पुतली हूं मैं तो गई गुजरी हूं मैंने तो इतने बुरे बुरे काम करे मैं भगवान कैसे हो सकती हूं मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं यही सब आएगा माइंड में ये सच है चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो मानो या ना मानो यू आर द इंफिनिट यू आर द इंफिनिट सोर्स ऑफ हैपीनेस आपको खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है आप खुश हो आप खुशी का सोर्स हो यू आर हैपीनेस जब भी आप दुखी होते हो तो आप अपने आप को कुछ और समझ लेते हो और फिर दुखी होते हो समझ में कमी है हो कुछ और समझ कुछ और रखा है जैसे हो ये बॉडी लेकिन अपने आप को शर्ट समझ लो अभी शर्ट के ऊपर किसी ने इंक फेंकी तो आप दुखी हो जाओगे आप दुखी हो जाओगे शर्ट के बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश हो जाओगे लेकिन आपको ये समझ आए मैं शर्ट नहीं हूं तो। शर्ट फटती है फटे रहती है रहे इसके बारे में कोई अच्छा बोलता है बोले बुरा बोलता है बोले आई नॉट द शर्ट शर्ट की बात हो रही है मेरी बात नहीं हो रही है दोनों तो फर्क समझ आ रहा है जो आप एक्चुअल में हो अगर वो आप समझ जाओ जो समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड उसके बाद मेरा एक और चैनल है संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से वहां पर जा सकते हो डीपली चीजों को समझ सकते हो ये मैं बात कर रहा हूं परमानेंट सॉल्यूशन का एक है टेंपररी सॉल्यूशन। आपका मूड अच्छा नहीं है मूड अच्छा कैसे होगा मेरे सेशंस देखो मूड अच्छा हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा कुछ देर बाद फिर मूड खराब हो जाएगा यह है टेम्पररी सोल्यूशन यह भी जरूरी है कि तो अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको गोली देनी ही पड़ेगी ना तो यह गोली के जैसा है परमानेंट सोल्यूशन क्या है आपको समझ आ जाए मैं हूं कौन देन आपके अंदर एक ग्रैंडनेस आ जाएगी देन आप छोटी मोटी बातें करोगे ही नहीं छोटी मोटी बातों का आपके ऊपर असर होगा ही नहीं जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है आपके अंदर इसको अगर जड़ से पूरी तरह से उखाड़ देना है तो वो क्या है कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो अकेले में आप खुद के साथ हो और आप क्या हो यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्रिएशन यू आर दिस क्रिएशन यू आर एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन यू ये बात नहीं समझ आ रही ना hmm. आप इस यूनिवर्स में नहीं हो इस यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट नहीं हो ये पूरा पूरा यूनिवर्स आप में है बट ये देखने के लिए एक सिंपल एक नजर चाहिए पहले जो हमारे दिमाग में जो अनलिमिटेड थॉट्स चल रहे हैं ना वो चलने कुछ देर के लिए बंद हो हम टिक करके एक जगह पर बैठे और फिर देखें रियालिटी की आज